हाय एवरीवन तो आज हम लोग पढ़ने वाले मूड मूड पढ़ने से पहले अगर आपने टेंस वॉइस ये सब नहीं पढ़े हैं तो पहले वो सब पढ़ लीजिए समझने में आसानी होगी वैसे बिना टेंस वॉइस के आप मूड नहीं पढ़ सकते ठीक है तो पहले जाइए आप टेंस और वॉइस पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़े तो मैं डिस्क्रिप्सन में लिंक दे दूँगा वहाँ से पढ़ सकते हैं ओके तो आज समझते हैं हम लोग मूड मूड समझने से पहले आपको वर्ब को समझना पड़ेगा वर्ब फॉर्म्स को समझना पड़ेगा जैसे अगर आपने टेंथ पढ़े तो टेंथ में आपने वर्ब फॉर्म्स को ही पढ़ा है टेंथ में आपने ये पढ़ा कि कोई टाइम या फिर कोई एक्शन जो है किस टाइम में होता है और उसका स्टेटस कितना हुआ है अगर कोई काम हुआ है तो कितना हुआ है या कब हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो देखिए आप आर आर जो है वो क्या बताता है कि कोई काम जो है वो कौन सा समय में है कौन सा समय में है आर अगर रहे तो अगर आर रहे तो हम लोग को पता है ये प्रेजेंट का होता है और वॉचिंग मतलब वी फोर वी है तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कोई काम जो है वो क्या है कंटिन्यू है कोई काम कंटिन्यू है मतलब क्या बताया टाइम क्या बताया प्रेजेंट है? है और काम क्या बताया कंटिन्यू है? है मतलब हम लोग टेंथ में टाइम भी देखते हैं और स्टेटस भी देखते हैं ओके okay? तो वर्ड फॉर्म्स ही जब टेंथ में यूज होता है तो वो टाइम बताता है और स्टेटस बताता है लेकिन जब वॉइस में यूज होता है तो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है किसका एक्शन का ठीक है जैसे एग्जांपल देखते हैं दिस वीडियो इज बिंग वर्स्ड बाय यू लिख देते हैं यू अब इसका मतलब समझो ये वीडियोज़ है देख कौन रहा देख कौन रहा पहले ये जो देख रहा है वो आप देख रहे हैं देख कौन रहे आप लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है इस वीडियो के नहीं समझ में आ रहा है देखो इधर रावण वॉज किल्ड बाय राम रावण वॉज किल्ड बाय राम इसमें सब्जेक्ट ये एक्शन क्या हो रहा है मरने का या मारने का मरने का ठीक है मरा कौन था रावण मारा कौन था राम मतलब किया कौन है ये लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है रावण पे मतलब डूअर ऑफ द एक्शन ये है Doer और receiver of the action ये है तो हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट को देखते हैं तो subject में क्या है ये Doer है या receiver है action का ऑफकोर्स ये रिसीवर है तो इसी लिए हम लोग इस tense या इस voice को जो कहेंगे वो receiver of the action कहेंगे मतलब passive voice। Same सेम इसी तरह यहाँ भी है देखो ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं देख कौन रहे आप ये ज़रूरी नहीं है इसीलिए मैं इसको हटा दिया था देख कौन है आप लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है वीडियो पे क्या देख रहे हैं आप किसको देख रहे हैं वीडियो को ओके तो ये कह सकते हैं कि हम लोग वॉइस में जो है वो डूअर या रिसीवर है डूअर या रिसीवर क्या एक्शन का तो सब्जेक्ट जो है वो डूअर है या रिसीवर है वो हम लोग पढ़ते हैं सेम इसी तरह मूड में हम लोग मूड में भी वर्ब फॉर्म्स को ही पढ़ते हैं मूड में हम लोग जब पढ़ते तो ये इंटेंसन बताता है वर्ब फॉर्म्स जो है वो अपना इंटेंसन बताता है अब हम लोग टाइम और स्टेटस जानते हैं डर और रिसीवर जानते हैं। इंटेंशन क्या होता है ये इंटेंशन कहाँ से है देखो अब इसमें समझना मान लो आप कहीं कोई क्लास गए ओके वहाँ कोई टीचर आए और आपको बोले स्टैंड अप तो आप क्या करोगे नहीं क्या करोगे सिंपली आप खड़े हो जाएंगे ओके फिर अगर कोई बोले सिट डाउन तो आप क्या करेंगे वेरी गुड आप बैठ जाएंगे लेकिन अगर कहीं बोल दे कि नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं इसमें आप क्या कर सकते हैं तो देखो जब कोई आपको स्टैंड अप बोला क्या बोला स्टैंड अप तो आप इसका मीनिंग क्या निकालते हैं इस सेंटेंस से वो कहना क्या चाहते हैं जो बोले जो स्पीकर है ये मान लीजिए टीचर आपसे कहे तो टीचर आपसे ये बोल के स्टैंड अप बोल के क्या कहना चाहते हैं यही ना कि तुम खड़ा हो जाओ ओके मतलब आपको एक कमांड दे रहे हैं तो ये कह सकते हैं इस सेंटेंस इस जो सेंटेंस है इसका जो स्पीकर है वह हमको कमांड देना चाहते हैं क्या देना चाहते हैं कमांड ओके सेम इसी तरह सिट डाउन बोले सिट डाउन मतलब इसमें भी तुमको ही कुछ कमांड दे रहे सिट डाउन मतलब बैठने बोल रहे तो आप बैठ जाएंगे तो इसको भी ये कमांड दे रहे ओके okay? लेकिन जब आपसे बोल दिए नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया तब आप क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते ना क्योंकि आपको तो कमांड तो दे नहीं रहे तब आप क्या करेंगे कुछ नहीं तो इस सेंटेंस का मीनिंग आप समझने का कोशिश करेंगे ना ये क्यों बोले तो ये आपको कोई फैक्ट बताए तो आप यही बोलेंगे ना कि सर ये तो एक फैक्ट है आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी इज़ द पी ऑफ इंडिया एक फैक्ट है ओके इसको लिख सकते हैं ये सेंटेंस का जो इंटेंशन है ये सेंटेंस का मतलब जो है वो क्या कहना चाहते थे एक तो फैक्ट ओके okay? तो इसीलिए हम लोग इसको फैक्ट लिख सकते हैं इसका जो सेंटेंस है उसका इंटेंशन क्या है फैक्ट है फैक्ट ओके आप ये बताइए माय फादर इज अ टीचर क्या ये भी फैक्ट है नहीं तो, तो क्या है देखो जब कोई पर्सन के बारे में या कोई थिंक के बारे में उसका रियली really बताया जाए कि वो ऐसा है जैसे मेरे फादर के बारे में यह बताया जा रहा है कि मेरे फादर एक टीचर हैं ओके तो ये तो सबके लिए है तो जब सबके लिए कोई पर्सन सेम हो तो वो फैक्ट होता है लेकिन जब हम अपने आप अप बोले कि नहीं मेरे पापा जो है वो तो मेरे हीरो हैं ये है वो है जैसे मैं अगर मैं मानता हूँ अरिजीत सिंह जो है वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट सिंगर है ओके okay? तो मैं ये कह सकता हूँ अरिजीत सिंह इज अ ग्रेट सिंगर तो ये मेरा ओपिनियन होगा तो क्या मैं ये अपना पर्सनल लाइफ के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे पापा एक टीचर हैं या वो सबके लिए है कोर्स सबके लिए है जब सबके लिए होगा तो कोई असर्टिव सेंटेंस वो फैक्ट होता है ओके फैक्ट यू लुक वेरी हैप्पी अब ये बताइए यू लुक वेरी हैप्पी ये किसके लिए बोल रहे हैं ये तो आपके लिए बोल रहे हैं क्या ये सबके लिए है हो सके बहुत कोई आपको दुखी की नज़र से देख रहे होंगे ये तो रियल नहीं होगा ना तो ये क्या होगा ये मेरा ओपिनियन होगा क्या ओपिनियन कोई भी पर्सन के बारे में कहना दो चीज ही हो सकता है या फिर फैक्ट या फिर ओपिनियन तो इसमें क्या है ये सबके लिए है तो ये फैक्ट है लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए है तो ये ओपिनियन है जैसे ही, ही सिम्स अपचेट वह अपसेट दिख रहा है या अपसेट लगता है अपसेट लग रहा है किसको शायद मुझे ही लग रहा होगा और सब कोई को एकदम पूरा नॉर्मल लग रहा होगा तो इस तरह से जो सिर्फ मुझे लग रहा है जो मैं अपने अपना पर्सनल बता रहा हूँ तो उसको हम लोग ओपिनियन कहते हैं इस सेंटेंस का भी जो इंटेंशन है वो क्या है ओपिनियन लिखा नहीं रहा पूरा लेकिन ओपिनियन है ओके ही लुक सैड वह सैड नज़र आ रहा है तो ये बताइए आप ये जो है आप कमेंट कीजिए क्या होगा अब आगे देखते हैं हाओ आर यू मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं आप आंसर देंगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ या फिर ख़राब है तो आप खराब बोलेंगे कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब है ये कुछ ये वो बहुत कहानी सुना देंगे लेकिन मुझे नहीं सुनना है तो देखिए हाओ आर यू ये मैंने आपसे पूछा तो इस सेंटेंस का इंटेंसन क्या है इसका इरादा क्या है सेंटेंस पूछने का मतलब क्या है आखिर मैं क्यों पूछा आखिर में ये क्या बोला मैं मैं आपसे पूछा मतलब क्वेश्चन किया कि आप कैसे हैं तो अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसको हम लोग इंटरगेटिव कहते हैं ना तो इस सेंटेंस का जो इंटेंशन है वो तो क्वेश्चन ही है ना तो इसका जो इंटेंशन है वो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं अब ये बताइए मैं आपके लिए बोला अगर मैं बोलू हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो क्या ये क्या होगा इसको भी हम लोग क्वेश्चन मानेंगे ऑफ कोर्स ये भी क्वेश्चन है जितना भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसका इंटेंशन हम लोग क्या मानते हैं क्वेश्चन ओके तो इसको भी हम लोग कहते हैं क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसका इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछना मतलब हम लोग अभी ये देखें कि अगर हम कोई वर्म को कोई वर्ब जो टाइम और स्टेटस बताए तो हम उसको हम लोग में समझते हैं लेकिन जब कोई वर्ब डूअर और रिसीवर रिसीवर बताए तो हम लोग उसको वॉइस में समझते हैं सेम इसी तरह अगर कोई वर्ब अपना इंटेंशन बताए तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? मूड में ओके तो मूड में हम लोग और क्या क्या देखें अभी कुछ नहीं बस मूड में इंटेंशन। और इंटेंसन क्या है यह समझ लीजिए एक बार और समझ लीजिए जब कोई आपको कमांड दे जैसे अगर कोई टीचर बोले स्टैंड तो अपे हो जाएंगे तो वह हो जाता है क्या कमांड ठीक है सिट डाउन बोले फिर वो आपको कमांड दे रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या कमांड इंटेंसन बता रहा हूँ कोई और नहीं कुछ और नहीं ठीक है अगर कोई बोल दे नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया या फिर कोई और फैक्ट सिर्फ यही नहीं कुछ और किसी के बारे में भी जैसे योर फादर इज़ अ फार्मर योर फादर इज़ अ फार्मर ये मैं आपके पापा के बारे में बोल रहा हूँ हो सके वो फार्मर होंगे तो, तो क्या वो फैक्ट होगा या ओपिनियन होगा ऑफ कोर्स फैक्ट होगा क्या होगा फैक्ट क्यों क्योंकि ये मैं रियल बता रहा हूँ और ये मैं अपने नज़र से नहीं सबकी नज़र से बोल रहा हूँ अगर आपके पापा फार्मर हैं और मैं बोल रहा हूँ तो वो फैक्ट होगा लेकिन अगर मैं वैसे ही बोलूं योर फादर इज़ प्रेफ तो ये मेरा ओपिनियन है कि तुम्हारे पापा जो बहुत है बहुत बहादुर हैं हो सके सिर्फ मेरे लिए ही या सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूँ वो ऐसा लगता है मुझे तो वो ओपिनियन होगा ओके okay? फिर अगर वही बोले How is your father? आपके पापा कैसे हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या आप इंटेंशन समझ गए मूड में जो इंटेंशन है बस अगर आप ये समझ गए तो पूरा मूड आपसे बन जाएगा आपका मूड नहीं सेंटेंस का मूड जो है वो बन जाएगा ओके अब चलते हैं हम लोग मूड के बारे में आगे मूड का टाइप्स कितना होता है और क्या क्या हम लोग उसमें पढ़ते हैं वो सब देखते हैं ओके अभी तक आपने पढ़ा बहुत से टाइप के इंटेंसन्स हो सकते हैं बहुत सारा इंटेंशन हो सकता है बहुत सारा अलग अलग सेंटेंसेस में तो वही सब सारा सेंटेंसेस को जिसका जिसका अलग अलग इंटेंशन आता है तो अलग अलग इंटेंशन को अलग अलग मूड के अंदर रखा गया है तो मूड को सिंपली थ्री टाइप्स को बांटा में क्या बांटा गया है जैसे इंडिकेटिव मूड इंपेरेटिव मूड और सब्जेंगटिव मूड मतलब टोटल काइंड्स ऑफ मूड इज़ थ्री इंडिकेटिव इंपेरेटिव और सबजेंगटिव ओके okay? तो इंडिकेटिव में क्या क्या आता है जैसे फैक्ट आता है फैक्ट आ गया ये इंडिकेटिव के अंदर आ रहा है कौन सा इंडिकेटिव हमने देखा फैक्ट क्या होता है फिर ओपिनियन जितने भी ओपिनियंस वाले जो जितने भी सेंटेंसेस जिसका जिसका इंटेंशन इंटेंशन ओपिनियन होता है वो सारा किस में आता है इंडिकेटिव मूड में ओके okay? और जो क्वेश्चन भी रखते क्वेश्चन वो भी इंडिकेटिव के अंदर ही आते हैं और ऐसा फैक्ट या ऐसा सपोजिशन जो फैक्ट हो अब ये क्या है आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से पहले ये सब तीनों को तो हम लोग जानते हैं और आगे ये भी देखेंगे तो ये सब तो बता ही सकते हैं कौन सा क्या है आई लिव इन गिरीडी आई लिव इन ग्रिडी मैं गिरीडी में रहता हूँ ये बताइए ये क्या है फैक्ट है ओपिनियन है या क्वेश्चन है ऑफ कोर्स ये बता सकते हैं आप पीछे अभी तुरंत जस्ट ये पढ़े हैं मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आई लिव इन गिरीडी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आई लिव इन गिरीडी क्या ये मेरा पर्सनली है कि मैं सिर्फ मैं ही रहता हूँ ऐसा नहीं है तो ये मेरा रियली सिचुएशन है रियली है कि मैं ग्रिडी में रहता हूँ तो ये क्या है एक तो फैक्ट हो गया ओके सी लुक्स गॉर्जियस अब मैं बोला सी लुक्स गॉर्जियस वाह वह बहुत खूबसूरत दिखती है शायद ये सिर्फ मुझे ही दिखे तो ये मेरा ओपिनियन है अगर आप लोग को खराब दिखे तो मैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन मेरा ओपिनियन मेरे राय से वो बहुत खूबसूरत दिखती है ठीक है तो ये क्या है मेरा ओपिनियन है सी इज अस्टूडेंट सी इज अ स्टूडेंट फिर उसी के बारे में कि वो एक स्टूडेंट है अब ये बताइए ये opinion है या fact है Very simple and very easy। इतना देर तक आप पढ़ें यह क्या है सी is a student. Student सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना हो सकता है तो ये क्या है फैक्ट है अब ये बताइए सी इज अ ग्रेट सिंगर सी इज अ ग्रेट सिंगर ये हो सकता है ये सिर्फ मेरे लिए बहुत के लिए कि वो बहुत खराब गाती है ऐसे गाती है तो ये क्या है ये मेरे ओपिनियन है अब ये बताइए आर यू फाइन अगर कोई किसी से पूछे या कोई मैं ही आपसे पूछूं आर यू फाइन आर यू ओके तो ये सब क्या है ये क्वेश्चन है जैसा भी क्वेश्चन क्वेश्चन है है ना तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस सेंटेंस का जो इंटेंसन है वो कैसा है क्वेश्चन है क्वेश्चन ओके इफ इट रेंस आई सेल स्टे एट होम यही है ये सपोजिशन विच मैक्स एज्यूम्ड एज फैक्ट इसका मतलब ऐसा सपोजिशन या फिर ऐसा कोई कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस जो आगे चल के वो सही मतलब एक फैक्ट बन सकता है जैसे अगर पानी पड़ता है तो मैं घर पर ही रहूँगा अब ये बताइए ये पॉसिबल है या नहीं पॉशिबल है या नहीं इसका मतलब ऐसा जो कोई पॉशिबल हो सकता है तो क्या ये इफ इट रेंस आई सेल स्टेट होम क्या वो आई सेल स्टे ऐट होम ये कर सकता है ये कर सकता है या नहीं ऑफकोर्स oh, कर सकता है तो ये भी क्या है ए सपोजिशन विच एज्यूम्ड एज फैक्ट मतलब ऐसा सपोजिशन है जो फैक्ट की तरह हो, हो, हो सकता है ठीक है क्या आपने ये कर लिया बताइए आप क्या आपने ये कर लिया और क्या है ये बताइए ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ इट्स ब्लैंक फॉर यू इफ माय फ्रेंड वांट्स इट आई शैल गिव इट टू हिम अब ये क्या है क्या ये फैक्ट है नहीं क्या ये ओपिनियन है बिल्कुल नहीं तो क्या ये क्वेश्चन है लग तो नहीं रहा तो ये क्या हो सकता है ये चारों में से ऑफ कोर्स वही हो सकता है तो ये क्या है सपोजिशन जो आगे फैक्ट में बदल सकता है ठीक है तो क्या ये इंडिकेटिव मूड आप लोग को समझ में आया आई होप यू अंडरस्टैंड इट अब चलते हैं हम लोग इंपेरेटिव मूड की तरफ इंडिकेटिव हम लोग देख लिए इंपेरेटिव में इंपेरेटिव मूड में क्या होता है देखो इंपेरेटिव मूड सिर्फ हम लोग को इन इंपेरेटिव सेंटेंस से ही बना होता है आपने पहले भी इम्पेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बस ये वही तो है इम्पेटिव मूड इम्पेरेटिव मूड ये क्या बताता है डायरेक्ट कमांड्स डायरेक्ट एडवाइस डायरेक्ट ऑर्डर डायरेक्ट रिक्वेस्ट डायरेक्ट प्रेयर एट्सट्रा जो भी है मतलब इम्पेरेटिव से रिलेटेड जितना भी सेंटेंस है सारा इम्पेटिव मूड में आता है ओ अब ये डायरेक्ट क्या है आप लोग को ये डाउट आ रहा है ना कि डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है तो जो नेरेशन पढ़े होंगे उसको पता होगा जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होता है सेम ऐसा ही डायरेक्ट डायरेक्ट कमांड है या फिर डायरेक्ट ऑर्डर है या फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर है यहां तो सिर्फ डायरेक्ट है देखते हैं क्या होता है देखो ऑर्डर मान लो ऑर्डर ये टू टाइप के हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओके okay. डायरेक्ट क्या हो जाएंगे मान लीजिए मैं जो पहले एग्जांपल दिया था कि सर ने आपको डायरेक्ट कहा सिट डाउन आप बैठ के ठीक है लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है कोई दूसरे पर्सन से कहवाना जैसे मान लो तुम्हारा क्लास में मॉनिटर है और तुम्हारा नाम अक्षय ले लेते हैं अक्षय तो मॉनिटर से कहा सर ने कि मोनीटर अक्षय से कहो कि वो बैठ जाए तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट वैसे आपको टेंशन मत लेना है क्योंकि जितना भी इम्पेरेटिव जितना भी विवन से शुरू होता है जिस तरह का आप सेंटेंस पढ़े सारे के सारे डायरेक्ट ही होते हैं इनडायरेक्ट अभी आपको आगे मिलेगा बाकी जितना भी आप पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, सारा का सारा डायरेक्ट ही है और जितना भी आएगा इसमें सारा डायरेक्ट ही फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे हम लोग क्लास में जितना भी होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस जितना भी आप पढ़ें फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा सिट डाउन क्या सिट डाउन ये क्या है ये भी है इम्पेरेटिव का डायरेक्ट ऑर्डर क्या है डायरेक्ट ऑर्डर क्यों सेट डाउन बोला किससे तुमसे ही ना तो ये हो जाएगा क्या डायरेक्ट ऑर्डर फिर जैसे देख लो कम हियर कम हियर गो देयर तो ये सब जितना भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़ा है पहले वो सब सारा का सारा इम्पेरेटिव मूड में आता है ओके इम्पेटिव मूड आई थिंक पूरा मूड चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा जितना भी आपने पहले पढ़ा है, कोई भी कमांड रिक्वेस्ट या प्रेयर जितना भी आप करते हैं वो सब सारा का सारा इम्पेरेटिव मूड में ही आता है अब चलते हैं हम लोग सब्जेंटिव मूड के अंदर तो अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूड जो कि है सब्जेंक्टिव मूड ओके तो सब्जेंक्टिव मूड को फिर से दो भाग में बांट दिया गया प्रेजेंट सब्जेंटिव और पास्ट सब्जेंक्टिव प्रेजेंट सब्जेंटिव और पास्ट इम्पो पास्ट सब्जेंक्टिव अब ये मैं इसको कंफ्यूजिंग क्यों कहा वो देखो सबका एक तो जितना भी सेंटेंस अभी तक हमने पढ़ा है कोई भी सेंटेंस सबका एक तो स्ट्रक्चर होता है उसका अपना एक तो स्ट्रक्चर होता है उसका पहचान होता है जैसे इम्पेरेटिव का ये हमेशा भीवन से शुरू होते हैं फिर इसी तरह इंडिकेटिव का इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस ये जो भी चेंजेस हो सकता है जैसे सब्जेक्ट जो है मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड प्लूरल ऐसा लग सकता है ऐसा है तो इसी तरह सब्जेक्टिव मूड का भी अपना एक ठो स्ट्रक्चर होता है और वो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटिव में हमने क्या पढ़ा इंडिकेटिव में जितना भी सब्जेक्ट होता है जैसे प्लुरल भर्व या सिंगुलर भव तो उसके हिसाब से जिस तरह प्लूरल है तो प्लुरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर भव तो हमने लगाया फिर इम्पेरेटिव में हमेशा हमने प्लुरल भर्व लगाया प्लुरल यानी वीवन इम्पेरेटिव में जितना हम लोग देखे सारा का सारा वीवन था है ना जितना भी था सारा भीवन से ही चलते थे इसी तरह सब्जेक्टिव मूड का भी एक अपना ही स्ट्रक्चर होता है सब में हमने दो दो टाइप दो दो पार्ट को देखा एक तो क्या जैसे भर्व है और दूसरा क्या था इसका इंटेंशन एक वर्व दूसरा इंटेंशन या फिर उसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड इसमें भी जो था भर्व वो अकॉर्डिंग टू टेंस था जैसे टेंस टेंस आपने पढ़ा है तो उसी में सारा रूल था जैसे आई आई कहाँ He is playing. He is playing. तो ये तो टेंथ से ही आ रहा है ना टाइम भी बता रहा है और ये इसका स्टेटस भी बता रहा है दोनों तो है तो ये सब जो रूल है ही के बाद इज क्यों लगा ये सब तो टेंथ से आया ना तो टेंथ से हम लोग देखें उसका जो verb था वो किस पे बेस्ट था टेंथ पे ओके तो एक तो हमने लोग देखा और दूसरा उसके साथ क्या देखा इंटेंसन वो इंटेंसन उसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड या फिर इंटेंसन जो चाहे वो लिख सकते हैं ओके अब आते हैं हम लोग सब्जेंक्टिव मूड में इसका एक तो अलग ही है इसीलिए हम लोग कहें हैं इसको कंफ्यूजिंग और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है अगर मूड है तो यही दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके देखते हैं हम लोग प्रजेंट सब्जेंटिव में उससे पहले हम लोग को वर्ब जान लेना पड़ेगा क्या वर्ब क्योंकि हम लोग हर जगह भर्व लगा रहे हैं तो इसमें भी जो हम लोग लगाते हैं वो बेस फॉर्म लगाते हैं कौन सा फॉर्म बेस फॉम अब बेस फॉर्म क्या होता है वो बताते हैं प्लस एक्स्ट्रा वर्ड या इंटेंशन इंटेंसन इंटेंशन लिखते हैं इंटेंशन बेस फॉर्म बेस फॉर्म बताता हूँ जब भी हम ले, हम लोग कोई वर्ब याद करते थे आप लोग देखते होंगे गो है वेंट है गौन है गोइंग और गोस तो भीवन जो उसका मूल भर्व होता है जो ओरिजिनल वर्व होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म और यही होता है भी वन बेस फॉर्म का मतलब ये होता है भीवन उसका आधार जिससे सारा सेंटेंस जिससे और जो जो भी verb है वी टू वी थ्री बी फोर यह सब इसी से बना है ठीक है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग बेस फॉर्म तो जैसे कम हो हो गया फिर से कम इसका क्या हो जाएगा कैम कम, कम Coming comes ठीक है और बताओ दो ठो जैसे play प्लेट प्लेट playing प्लेस ओके और दो दोठो कमेंट में टाइप करो ओके ऐसा तो हम लोग देख लिए कि जितना भी इस तरह लेग्जिकल वर्ब आएगा वो सब का हम लोग वी यानी बेस फॉर्म यूज कर लेंगे लेकिन आपने ऐसा कहीं सेंटेंस देखा आई एम अय को हटा दो रेडी करो आई एम रेडी आई एम रेडी ऐसा कभी सेंटेंस देखा ये देखो सब्जेक्ट है वर्ब है और ये कंप्लीमेंट है से लिखते हैं ओके तो ये जो है ये वर्ब है मतलब ये भी तो एक वर्ब है तो क्या ऐसा सेंटेंस नहीं आ सकता सब्जेंटिव में आएगा ज़रूर आएगा तो क्या ये अपना बेस फॉर्म में है नहीं है तो इसी तरह का कोई भी जो हम लोग प्राइमरी एग्जुलरी वर्व है वो भी कभी कभी मेन भर्व के रूप में आ जाता है तो उसका बेस फॉर्म क्या है अगर आप टेंथ पढ़ें वॉइस पढ़ें तो आपको पता होगा ये सब जो है ये बी का फॉर्म है बी डी जो है भी वन है बी वॉज वर फिर बीन बीन इज एम आर फिर इसी तरह डू फॉर्म होता है डू का Do, does, या डीट ओके okay. फिर इसी तरह हैब का फॉर्म होता है. Have, has. यानि जब भी ये सब फॉर्म देखे be, was, been, बे ये been, being, is, am, are, was, were, कुछ भी do, does, did, has, have. ये सब सब का base फॉर्म यूज करना है Base फॉर्म कौन कौन सा है एक ठो be है डू हैव है ओके है, okay? कहीं भी ये सब देखिए जो प्राइमरी एक्जेलरी वर्व है एक्जेलरी उसको हम लोग उसका भी बेसफॉर्म ही यूज़ करते हैं क्या आपको ये समझ में आ रहा है चलते हैं अब इसका इंटेंसन देखते हैं क्या क्या होता है आपने ये तो जान लिया कि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव में कौन सा भाव आएगा और क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा अब देखते हैं इसका कौन सा इंटेंशन क्या रहेगा ठीक है इंटेंशन देखो विश होप विश या होप इसका मतलब जैसे मैं अगर किसी के बारे में भला चाहता हूँ तो ये मैं किसी के बारे में विश करता हूँ किसी का दुआ मांगता हूँ कि हाँ वो अच्छा रहे ऐसा रहे तो ये विश होता है नेसेसिटी और सजेशंस इनडायरेक्ट कमांड्स इसमें आ गया इनडायरेक्ट कमांड्स इनडायरेक्ट कमांड्स मतलब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जितना भी डायरेक्ट हुआ करता था वो सारा अगर इनडायरेक्ट रहे तो इसी में आता है ओके सजेशंस ये सब का एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी हम लोग इससे ज़्यादा समझ में आएगा देखते हैं एग्जाम्पल वन और भर्व फॉर्म्स याद रखिएगा द डॉक्टर एडवाइज दैट ही डैस प्रोपर रेस्ट डॉक्टर ने उसे एडवाइज किया कि वो प्रॉपर रेस्ट लें आप बताइए इसमें क्या आएगा भर्व क्या आएगा टेकन, टेक या टेकिंग? उससे पहले ये बता दू ये एडवाइस है इनडायरेक्ट एडवाइस है. क्या है इन डायरेक्ट एडवाइस जो इसमें आ जाएगा इन डायरेक्ट कमांड्स में याद है भर्व फॉर्म इसमें से मैंने बताया था कि बेस फॉर्म आता है तो बेस फॉर्म कौन सा है ये टेक्स टेक्स में देखो बी वन प्लस एस यास है एस यास लगा है, है ना? तो ये गलत हो जाएगा फिर ये टेक हाँ ये तो भी ही लग रहा है और आगे देखते हैं टेकन ये तो भी है और टेकिंग ये भी फूर है मतलब भी ये है बाकी सारा गलत है मतलब इसमें क्या हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइस्ड दैट ही टेक प्रोपर रेस्ट अब यहाँ ध्यान से समझिए अकॉर्डिंग टू टेंस या फिर इंडिकेटिव मूड या ही के बाद टेक कभी आता है क्या नहीं आता ना क्या आता है टैक्स आता है ही के बाद टैक्स आता है बस यही अगर हम किसी को ऑर्डर दे या कमांड दे वो भी इनडायरेक्ट तो वहाँ हमेशा भर्ग का बेस फॉर्म आता है कौन सा हमेशा भर्ग का बेस फॉर्म अगर इनडायरेक्ट कमांड दे तो और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जब भी हम लोग इनडायरेक्ट कमांड इनडायरेक्ट ऑर्डर इनडायरेक्ट कोई भी एडवाइज्ड हो या सजेशंस हो कुछ भी हो तो उसमें हमेशा हम लोग बी यूज करते हैं अगर बी टू बी ये सब कुछ भी यूज करे तो वो सारा हमारा गलत कहलाएगा ओके तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इट इज़ इम्पेरेटिव दैट ही डेस इन द मीटिंग इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी क्या नेसेसिटी इसको कह सकते हैं नेसेसिटी या रिक्वायर मतलब कह सकते इट इज रिक्वायर दैट मतलब ये जरूरी है कि वो डेटिंग मीटिंग क्या कि ये जरूरी है कि वो प्रेजेंट में ये मीटिंग में प्रेजेंट रहे अब उसके पहले क्या लगेगा इस वॉस बी या बिंग देखो अगर यहां से यहां तक हम ढक दे ही प्रेजेंट इन द मीटिंग तो उसमें या या फिर ये ईज लग सकता है ही इज प्रेजेंट इन द मीटिंग या अगर प्रेजेंट से बोलना चाहे तो ही इज प्रेजेंट इन द मीटिंग या फिर अगर पास्ट में हम लोग बोलना चाहे तो ये बोल सकते ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग बट ना ही यहाँ हम लोग प्रेजेंट से बोलना चाह रहे हैं ना ही हम लोग यहाँ पास्ट से बोलना चाह रहे हैं तो हम लोग किसी को ये बता रहे हैं या किसी को एडवाइस या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम या ये देखो ये एक इनडायरेक्ट ऑर्डर है कि उसे मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए ये किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि उसे मीटिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी है ठीक है तो इसमें बताओ कौन सा भर्ब यूज़ करें अब देखते हैं इज या वाज़। यही दोनों तो लग सकता था ना प्रेजेंट या पास्ट बनाते तो तो ये दोनों का बेस फॉर्म निकालो इसका बेस फॉर्म क्या है बी और वाज का बेस फॉर्म इसका भी बी यहाँ क्या बी कहीं ऑप्शन है ऑफकोर्स यहाँ है तो बी बी करेक्ट हो जाएगा तो ये हम लोग कह सकते हैं हो import, हो सकता है? Of course हो सकता है, है। है। है। अब अब अब एक और और इसमें इसमें से four है, write, wrote, written, written writing. अब इसमें क्या होगा ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन चालू है उसका यूज करो और क्वेश्चन दो ओके okay? अब देखते हैं हम लोग हम लोग क्या देख लिए? नेसेसिटी जो इसे यही बता रहा है नेसेसिटी इंपेरेटिव यानी नेसेसिटी भी बता रहा है रिक्वायर भी बता रहा है सजेशंस ये है डॉक्टर एडवाइस किया जा सजेस्ट किया दोनों ऐसा हो सकता है ठीक है इनडायरेक्ट कमेंट ये कमांट इसी को कहते हैं ओके अब देखते हैं हम लोग विश या होप ये कैसा हो सकता है द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू Use comment section and एनासर इट देखते हैं विश या होप यह कैसा हो सकता है कभी आपने देखा है गॉड ब्लेस यू कभी ऐसा सेंटेंस देखे गॉड ब्लेस यू आपको डाउट नहीं आया गॉड तो सिंगुलर है है ना ब्लेस ये तो भी वन है और ये यू ये तो ऑब्जेक्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गॉड ब्लेश यू गॉड के बाद भीवन कभी डाउट नहीं आया तो उस समय आप कभी सोचे होंगे क्या आप सोचे ही नहीं होंगे चलो तो आज सोच लो जब भी ऐसा दिखे गॉड प्लस भीवन प्लस ऑब्जेक्ट तो ये इनडायरेक्ट किसी का दुआ करना होता है इनडायरेक्ट विश होता है ठीक है विश होता है सिंपली ये विश होता है किसी के बारे में जैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करे इस तरह कहते हैं ना तो इस तरह तो ये गॉड ब्लेश यू ये भी है प्रेजेंट इन सब्जेक्टिव का पार्ट इसीलिए हमेशा इसमें हम लोग भीवन का यूज करते हैं तो गॉड के बाद भीवन है एनी डाउट नहीं हो सकता है समझ गए ओके और देखते गॉड सेव द किंग गॉड सेव The King. तो ये देखो गॉड इसमें भी सिंगुलर है सैब ये भी, भी वन है और ये द किंग ये तो ऑब्जेक्ट है तो गॉड सैब द किंग तो यहाँ भी देखो भी है तो ये सब किस में आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव में आई थिंक आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव समझ गए हैं जितना टाइप का ये सब जो लिखा है विश होप नेसेसट्री सजेशन इन डायरेक्ट कमांड कमांड्स ये सब सारा ही आता है किसमें प्रेजेंट सब्जैक्टिव में अब चलते हैं हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव में पास्ट सब्जेंटिव भी कोई टफ चीज नहीं है इसमें देखो जहां हम लोग वन का यूज करते थे पास्ट इसमें हम लोग वर्ब कौन सा यूज करते थे बेस फॉर्म लेकिन इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है आप इनडेफिनेट में ऐसा पढ़े होंगे कि भी वन होता है प्रेजेंट और भी टू होता है क्या पास्ट तो सेम ऐसा ही अगर प्रेजेंट सब्जेंटिव रहे तो भी वन लगाते हैं और पास्ट सब्जेक्टिव रहे तो टू लगाते हैं मतलब जितना जगह हम लोग यूज करेंगे कुछ भी अगर यूज करेंगे तो सारा का सारा वो कौन सा फॉर्म में होना चाहिए भी का फॉर्म में अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या होता है ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं लेकिन इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा ओके हमने देखा पास्ट सब्जेक्टिव में भी का यूज होता है मतलब जितना भी कोई भी वर्ब होता है उसका पास्ट में यूज होता है ओके okay? इमेजिनरी अब ये देखो इंटेंशन जो है वो इसका इमेजनीर इमेजिनरी आता है अनरियल आता है प्रोबेबिलिटी हाइपोथेटिकल एंड इट टाइम इमेजिनरी का मतलब क्या होता है इमेजिनरी जैसे मैं तुमको बोला कि तुम कुछ सोचो क्या क्या सोच सकता है सोचने का तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं बाकी करने का नहीं वैसा नहीं तो इस तरह देखो सोचो क्या क्या सोच सकता है वो भी सोच सकता है क्या जो इम्पॉसिबल हो वैसा भी सोच सकता है जो अनरियल हो वो भी सोच सकता है प्रोबेबिलिटी का मतलब ऐसा होता है जो कुछ संभव हो ठीक है उसका कुछ संभव हो सके फिर हाइपोथैटिकल हाइपोथैटिकल मतलब जो पूरा इम्पॉसिबल ही हो इम्पॉसिबल तो ये सब सारा जो इंटेंसन है वो सारा पास सब्जेक्टिव में आता है और इट इज़ हाई टाइम इसका मतलब होता है बहुत लेट हो जाना ठीक है इसका सारा को हम एग्जाम्पल से देखते हैं उसके बाद अच्छा से समझेंगे जैसे मैंने कहा हाँ If I were a bird, I would fly to the sky. If I were a bird, I would fly to the sky. इसका मतलब समझो कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ जाता अब बताओ मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता तो क्या इस सेंटेंस से इंटेंशन क्या है मेरा इंटेंशन क्या है क्या इससे हम उड़ सकते क्या नहीं क्या मैं चिड़िया बन सकता हूँ नहीं ना तो यही सिर्फ ये यह इमेजिनरी है ओके तो इस तरह का सेंटेंस को इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं ओके आई आई आई इफ वर यू शुड नॉट डू दैट अगर मैं तुम होता तो मैं वो नहीं करता ठीक है अगर मैं तुम होता मतलब तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं वो नहीं करता अब बताओ क्या मैं कभी तुम बन सकता हूं नहीं ना नहीं बन सकता हूँ ना तो इसी तरह इस तरह के इस ये जो है सेंटेंस है तो इसका जो इंटेंशन है वो हाइपोथेटिकल कहलाता है ओके जैसे ही वर्क्स एज दो ही वर रंक वह ऐसे चलता है जैसे वो पिया हो लेकिन पिया नहीं है ये सब जितना भी है सबका नेगेटिव भी है जैसे आई वुड फ्लाई टू द स्काई आई वर अ बर्ड क्या मैं हम बर्ड बर्ड बन सकता हूँ नहीं तो इसी तरह लेकिन मतलब बर्ड आई एम नॉट अ ओके फिर इसी तरह यहाँ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट ठीक है तो क्या मैं मैं तुम बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ ही वर्क एज दो ही वर ड्रंक ही वर ड्रंक वो ऐसा चलता है जैसे वो पिया हो लेकिन पिया नहीं है ऐसा चलता है जैसे एज दो एज दो या एज इफ लगे ऐज इफ तो इसका मतलब ऐसे जैसे मतलब ऐसा करता है जैसे लेकिन वो रियल नहीं होता क्या वो ऐसा चलता है जैसे वो ड्रंक हो अब बताओ कोई ड्रंक हो सकता है ना कोई भी ड्रंक हो सकता है ना कोई भी पी ले तो वो एकदम पी सकता है लेकिन वो ऐसा चलता है जैसे ड्रंक हो इसका मतलब कि वो पिया नहीं है ओके फिर आई विश आई हैड अ कार ओके आई विश आई हैड अ कार ये भी इमेजिनरी है अब ये जो बोले प्रोबेबिलिटी ये ऐसा है अब आई विश आई हैड अ कार क्या ये हो सकता है मेरे पास बताना अगर मैं मेहनत करूं कुछ और करूं तो क्या मेरे पास एक कार हो सकता है ऑफकोर्स हो सकता है तो यही है प्रोबाबिलिटी ओके okay? अब देखते हैं इंटेंसन इसका क्या है प्रोबाबिलिटी आई विश आई वर आ मिलीनियर इसका प्रोबाबिलिटी क्या है वो इसका जो है इंटेंसन क्या है वो मुझे कमेंट करना इट इज़ टाइम वीड टुक एक्शन अब आ गया इट इज़ टाइम अब इट इज़ टाइम का मतलब समझो जब भी कभी हम लोग को इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम दिखे तो इसका मतलब होता है कि अब बहुत लेट हो चुका है क्या अब बहुत लेट हो चुका है वी टुक एक्शन मतलब मान लो तुम्हारे बगल में दो लड़का चार लड़का खड़ा है ठीक है चार लड़का तुम्हारे साथ है मतलब तुम्हारे चार दोस्त है जो तुम्हारे पास आया और एक और आया वो कुछ बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है तुम लोग को पका रहा है एकदम पूरा मतलब तुम लोग के बारे में कुछ और ज़्यादा ओवर बोल रहे हैं ठीक है बहुत सुना बहुत सुना लेकिन फिर आखिर आके तुम अटक गया नहीं आप नहीं हो सकता अब बहुत लेट हो गया अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा बस ये वही बोल रहा है इट इस टाइम वी टुक एक्शन अब बहुत लेट हो गया अब हम लोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा ठीक है ऐसा है इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड इसका मतलब बता इट इस टाइम मतलब अब बहुत लेट हो चुका है हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए ठीक है अब देखो एक चीज़ यह इसमें कॉमन डिफरेंस समझो प्रेजेंट सब्जेंटिव पास सब्जेंटिव ये सब में डिफरेंस क्या है प्रेजेंट सब्जेक्टिव इसमें भी जो जो सेंटेंस होते थे इंटेंसेंस होते थे उसका जो टाइम होता था वो भी प्रेजेंट में था और पास्ट जो है उसका भी प्रेजेंट में ही है बस प्रेजेंट में सारा पॉसिबल था लेकिन पास्ट में जो है वो इम्पॉसिबल है ओके okay? ये है पास्ट फॉर्म बोले तो ये देखो जब भी कभी आएगा आई के साथ क्या लगता है आई वॉज यर हमेशा वॉज तो मैंने बताया था बी फॉर्म का पास्ट जो होता है वाज और वर होता है वाज और वर लेकिन जब भी हम लोग ये से पास्ट सब्जेक्टिव में यूज़ करते हैं तो वाज कट जाता है सिर्फ वर आता है तो भी टू इसका क्या आया वर वर मतलब जहाँ भी हम लोग बी का भी टू यूज़ करेंगे हमेशा हर जगह वर यूज़ करेंगे ओके तो इस तरह से अगर तुमको ये डाउट आ रहा होगा कि वर कहाँ से आया ही वर्क है फिर इसमें ही के साथ भी वर आ गया आई के साथ वर आ गया हर यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना भी पर्सन होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन रहे सबके साथ वर ही आएगा ओके ये है इसका रूल कोई भी पर्सन रहे कोई भी नंबर रहे सारा के साथ वर ओके ये समझ में आ गया तो मैंने आपको मूड को सारा कॉन्सेप्ट सारे रूल जो है वो बता दिए अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा लाइक like कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है अगर आपको कुछ डाउट है या कोई भी कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप में या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं ओके और अगर मुझे कुछ इसमें एडवांस बताना हो तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा ओके अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट जिसमें इसका एक्सरसाइज चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा सेकेंड पार्ट या फिर एक्सरसाइज लेके मैं सेकेंड पार्ट भी ले आऊंगा ओके थैंक यू